छतरपुर में अपराधी अपनी आपराधिक आदतों से बाज नहीं आ रहे एक बार फिर एक आदतन अपराधी ने एक युवती को छूरा मारकर घायल कर दिया घटना उस समय हुई जब वह अपने परिवार के साथ डॉक्टर से इलाज कराने आई थी अश्लील हरकतों का विरोध करने पर युवक ने लड़की पर हमला कर दिया बरीगढ़ थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक युवती को चाकू मारकर घायल कर दिया गया युवती डॉक्टर से इलाज कराने आई थी तभी आदतन अपराधी बल्लू सिंह ने उसे अश्लील बातें बोली जिसका उसने विरोध किया जिस पर आदतन अपराधी ने गाली गलश करते हुए महिला के सीने में छुरा मार दिया युवती ने परिवार सहित थाने जाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है आपको बता दें आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा अधिक मामले थाने में दर्ज हैं। तो, कुछ नहीं चाकू मार अच्छा ये दवाई कराने किया खुलाने था। करता करता है कुछ देर पहले का है जिसने फरियादी है अपनी सिस्टा और जीजा के साथ कहीं मार्केट जा रहे थे वहीं पे इस केस का जो क्यू से बल्लू वो बलवंत सिंह उसने कुछ असली इशारा किया इस बात में विवाद हुआ और उसने चाकू भी इसको मारा जिसका घाव लगा हुआ है तो इसमें गंभीर मैटर ना हमने सोसंदर धारा में एफ आई कर दिया